हेलो हैलो गलैक मैं हूँ हामिद और आज मेरे साथ हैं मौहम्ण दनार मौहम्ण दनार। है आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बहुत ही होने वाली बैटल पे बैठक बैटल। बैटल पे बैटल हो लेवल होगा भैया सिद्धार्थ निगम और हसनैन खान और आपको टाइटल से पता चल गया होगा कौन कौन है तो वीडियो देखते फिर इस पर बात करते हैं पहले कोई बात नहीं कर सकते वीडियो वीडियो देख हैं हैं फिर इस पे जब ये सीन तो देर तो देर। ले ले। no. चार्ज। <laughs> सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक साथ चलता है मिल जाओ तुम मिल जाओ दुनिया एफ एच आई लो यू दिल का ये क्या राजस्तो लोहा लोहे को, को काटता है हीरा हीरे को काटता है कुत्ता काट रहा तुझे हाँ तो दोस्तों भी भी भी एक बार है, है। ये ये ये ट्रेंड ट्रेंड वो कोई नहीं ये आता है ये तो कि काश कोई ऐसा हो जो गले लगा कर दिखी के दिखी के में। भी है। रोया ना कर तेरे रोने से मुझको भी दर्द होता है।, है तुझे कितना चाहने लगे हम ना वो खिया रोहानी कहीं ना वो चेहरा रोधा कहीं कहीं दिल वाली बातें ना, ना तेरी गलियों में ना रखूंगा कदम आज के बाद क्यों? हो गया क्या नहीं रे यार <laughs> कल ही चार पॉजिटिव मिले <laughs> तो <मुझे> यारेदर <laughs> <उप। laughs> है यार बस बता रहा है ना <laughs> हो गया हाय पैसू आए <laughs> दोस्ती तो कर रहा हो यार यार होगी दोस्ती आज दोस्ती करेगा दोनों के नंबर होंगे साथ में घूमने लगेंगे मेरी बाइक पर जोर-जोर से तो मरीन ड्राइव राउंड राउंड मारेंगे उसके बाद तेरा एक दिन मुझे कॉल आएगा हेलो भाई किधर है तेरी भाभी कि, कि डेट पे जाना है यार मुझे तेरी बाइक की चाबी देना नहीं नहीं नहीं सुन पूरी बात सुन भाई मुझे बाइक की छापी देना और मैं तुझे हाँ बोल दूंगा तो गाड़ी लेकर जाएगा और कहीं पर ठोक देगा और मुझे बनाने के लिए पैसे भी होंगे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 हैं थोड़ा थोड़ा थैंक यू सर थैंक यू सर शॉट मिल गया आ गए हमारे हरी सर सर कैमरा ऑन है सॉरी तो <laughs> सॉरी Like <laughs> oh, <yeah. laughs> बदले तूने चढ़ा लिया क्या <laughs> अच्छा पापा पापा एकदम ठीक है और सामने बैठे हैं। अच्छा सुन मुझे ये कहना था कि चंदा को तुम्हारी याद आ रही है अपने बैठा कि नहीं दूर में होके मजबूर में <laughs> कमाल कमाल कमाल ये ये जो ना थी ये स्टुडेंट। स्टुडेंट हाँ, थी वीडियो वीडियो वीडियो वाकई पे स्टूडेंट स्टूडेंट यार हम कोई बात नहीं करेंगे क्या क्या करेंगे ला? आप ही नहीं, करेंगे। जो बोलना है वो आपने ही बोलना है तो जो हसनैन के फैंस हैं फैंस हैं सिद्धार्थ के, के फैंस हैं और स्टेस। स्टेस। स्टेस। स्टेस। के फैंस हैं आज उनका बैटल होगा क्या ख्याल है देखते हैं कौन आज वो बैटल करें भाई में तो जो भी होगा आप मिनस करें आप हम हाँ, आपको तो उसका रिप्लाई करेंगे भाई हम किस नज़रिए से किस एंगल से इन तीनों को देखते हैं तो आप अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंटमेंट तो इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफ़